नहीं देखो बोला जय भीम जय भीम इधर देखो इधर जय भीम बोला जय भीम इधर देखो जय भीम अरे इधर देख कर बोलो जय भीम हाथ उठा कर बोला जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम